मैं सबको समझूं अच्छो मेरे भाई वही मुझे भी तो समझो मेरे यार रब ने भी ने सुनी ना सा दुआ दासी बहुत